नसीबों पैली नसीबों पाने को जगाया है अली ने हमें अपना बनाया है अली ने हमें अपना बनाया है अली ने हमें अपना आ ah, ah. नाम मरे हम अली के नाम पर ना मरे हम अली के नाम पर कना मरे हम अली के नाम पर कोना मरे हम अली के नाम पर क्यों ना ma oh. Oh uh yeah. -huh.